असलकम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल में तो फ्रेंड ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द बासानी आप लोगों तक पहुँच सके तो फ्रेंड्स करते हैं हम का आगाज़ व्लॉग आगाज में आप चेक कर सकते हैं कि मेरी प्यारी सी गुड गर्ल चाय बना रही है ए, मेरा बेटा चाय बना रहा है और जब मैं व्लॉग में इसको दिखाती हूं तो ये रोना स्टार्ट कर देता है रियल में रो रहे हो चलिए देखते हैं रियल में रो रहे है <laughs> इस तरह देखो तो <laughs> कह रहा है मैं कोई नेवला तो नहीं आ मुझे ऐसा करिए और दोस्तों देखिए ये इस तरफ एलोवेरा जो मैंने लगाई थी वो गिर के मट्टी से बाहर आ गई थी गमला इसका एक टूट गया हाँ ये वाला ये जो है नीचे गिर गया ये मिट्टी भी बाहर निकल गई और पौधा भी नीचे गिर गया अब मैंने इसको फिर से लगाया अब देखते हैं ये क्या करता है बड़ा होता है या नहीं एक और भी है वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ आज कुछ टॉपिक समझ में नहीं था आ रहा तो मैंने कहा चलो ऐसे ही जो भी अभी हम कर रहे हैं वो इसकी रूटीन आप लोगों से शेयर कर दूँ तो ये देख फ्रेंड्स ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था ये बहुत प्यारा था धूप में रखा मैंने तो ख़राब हो गया ना तो अब इसको छाँव में रखा है देखते हैं सही होता है या नहीं वैसे तो पहले से स्टेबल लग रहा है पहले रेड रेड हो चुका था लेकिन अब सही है अभी मैं जा रही हूँ बाहर दिल कर रहा है हवेली में चक्कर लगाऊँ कोई दुनिया वगैरह कुछ, कुछ लेके आऊँ लेकिन ये ना कि मेरा दिल ही नहीं करता बाहर जाने को आज कर रहा था तो मैंने सोचा चलते हैं तो चलिए चलते हैं हवेली में वहाँ पर जाकर कब लोग बनाते हैं फ्रेंड्स ये देखें तब से बाहर निकलती निकलती अभी निकली हूँ घर से बाहर दिल नहीं करता क्या करे बंदा समझ में भी नहीं आती और ये देखें छुप रही है बंदर बंदरिया ये देखें चूजा मुर्गी का चूजा ध्यान से जाना अभी समझ में नहीं था अगर कहाँ जाऊँ दिल करा बाहर निकलूँ ना दिल कर है घूम क्यों कहीं जा हवेली में तो जाती रहती हूँ नहीं, समझ नहीं आ रहा है किदर में एक मिनट एक मिनट अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर जाएं? इस साइड पर घूम करें चलो इस साइड हाँ इस तरफ चलो मैं इधर से ही चलती हूँ तो ये देखिए इसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है उतारा भी नहीं है मैंने इतनी दफ़ा बोला चेंज कर लो चेंज कर लो कह रही है ममा कपड़े हैं ही नहीं इतने बच्चे ख़राब हैं ना ना दिल करें ना तो ही कह देंगे है ही नहीं वैसे सच्ची बात है भी नहीं तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इनके कपड़े नहीं लेने जाएंगे मॉल से लोकल वाले मैं नहीं लेती मैंने एक सूट लिया आज इनका लोकल ब्रांड का नहीं लिया धार किसी से लिया मैंने एक अपना एक इनका एक ले के आई वो मैंने कहा कि ये मैं सिलाई करवाती हूँ जब मेरे दोस्तों ने देखा कहती हैं कितने का लिया मैंने कहा तीन का तो कह रही हैं बदतमीज़ औरत इतना महँगा और ये देख इसकी इसका कपड़ा चेक कर <laughs> मुझे इतनी डांट पड़ी अपने सब दोस्तों से मैं चेंज ही कर मैं चेंज किया वापस कर दिया एक दफ़ा चेंज किया दूसरी दफ़ा वापस ही कराई तो अब इन शह जब मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी तो मैं अपनी बेटियों को कपड़े ले कर दूँगी जब मेरी फ़र्स्ट एक लाख सैलरी आएगी ना जिस जिस महीने भी आई इनशल उस महीने फिर हम, दावत का अहमाम भी करेंगे और जो है अपनी नंदों को अपनी सास को सबको ससुर को सब के नए कपड़े ले कर जैसे पहले ले दिया करती थी चाहे वो मेरी इज्जत करे चाहे ना करे मैं तो इन वैसे ही करूंगी जैसे पहले करती थी और ये देखें फ्रेंड्स छोड़े बातों को ये गंदम माशाला से इसके जो भुट्टे हैं वो निकल आए हैं ओए, गंदी बची ये देखें या ये तो बस हम आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए चलो चलो ये हमें से कहते हैं बाघ वाली मोटर ये जो था ना ये जगह जो थी पहले कभी हमारे बचपन में मैंने दो साल यहाँ से आम खाए हैं एक दृहत भी है वो आम का दृहत और ये पूरे का पूरा बाग हुआ करता था ये सारा ये सारे का सारा बाग था किसी ज़माने में ना ये मोटर बाग वाली मोटर है और लेमन और मैंगो यहाँ पर काश्त किए जाते थे बागात थे यहाँ पर अमरुदन के बाग थे बहुत मज़ा आया करता था फिर आता आहिस्ता हर चीज़ ख़त्म कर दी इन बच्चों ने बुज़ुर्गों के बच्चों ने ऐसा ही सोचने लें कि हम लोगों ने ही खत्म कर दी लेकिन मुझे तो वो शौक़ है पौधे लगाने का फलों वाले पौधे लगाने का लेकिन जगह नहीं है मैं लगाती भी हूँ लोगों के घरों में लगा देती हूँ ले फ्रूट कहती हैं तुम्हें देंगे जब फर्स्ट फ्रूट आएगा और यहाँ तक मैं उनके पौधों की के केयर भी होती जा करती हूँ ना अल्लाह के माज अल्लाह की माझ ये देख देखें जल्ला की माज अल्लाह की माज <laughs> अल्लाह की माजी अल्ला नीचे गिर गई गी। है इन्हें पता नहीं क्या इनका नाम है इनका फ्रेंड बीट से है पता नहीं इनका क्या नाम कितनी आवाज कितनी ऊंची ऊंची आती है अंदर से आवाज़ कितनी ऊंची ऊंची आवाज आती है वापस और ये देखें जब हमारे घर में कोई बात हो जाती थी ना तो हम इधर ही आके ना बैठ जाया करते थे मैं इधर ही आके बैठ हो, बैठती होती थी फिर घर वाले इधर से एक ले कर कहाँ पे है सारा किधर है सारा फ्रेंड के साथ वो कपड़े धो रही है मैं आके बैठ गई हूँ जी यहाँ पर तो दोस्तों बस ये देखें हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई चार मिनट पाँच मिनट की वीडियो गया दो मिनट की पहले पाँच की अब सात मिनट की इससे मुझे लगता है शॉट करना पड़ेगा पूरा देखें यहाँ पर दरबार शीफ और एक और चीज़ आप लोगों को दिखाती जाऊँ ये देखें ये लास्ट वाला पौधा बचा है पूरे बाग में से यही दरख बचा है बाकी का ये देखे सब सफना सफाया हो चुका है अभी मुझे समरा कह रही थी कि ममा चलें हवेली में चलती है चक्कर लगा के आते हैं बस हम वहीं पे जा रहे हैं और ये देखे यहाँ पर अंबिया अंबिया लग रही हैं अभी ये देखे ऊपर हाँ उतार के लाओ बंदर ना कर ये देखे बस यही बचा शर्ट सीधी कर पीछे से और बाकी का जो बाग है वो ख़त्म हो चुका है अमरुदों का तो नामों निशान भी नहीं है ना केले का एक दो दृत है वो दूर दरबार के पास अभी आप लोगों नज़दीक करके दिखाऊं ये देखें ये वाला एक ही बच्चा है बस ये देखें हम आए इस साइड से और इस तरफ हवेली की तरफ जा रहे थे और ये देखें ये गंदे बच्चे मेरे जो है ना ये हम पर तंगे पकड़ने के लिए आए हुए हैं और इस तरफ हमारी हाँ हवेली ये दूर किसी ने गाने लगाए हुए हैं मैं वीडियो को कर दूंगी बंद क्योंकि कम्युनिटी का मसला होता है क्लेम आ जाता है फिर एक तो ये बहुत इशू है ना फ्रेंड्स घूमते हैं घुमाते हैं हम आ गए हैं हवेली में ताला वगैरह मैंने नहीं खोला क्योंकि ताला खोलूं तो लेट हो जाऊँगी वापस भी जाना है गर्भी बहुत काम है इसी वजह से क्या कहाँ क्या है अमरूद से दिया है अमरूद अमरूद नहीं है बेटा और ये देखें इसतूद वाओ माशाल्लाह हमारे इसतूद भी लग हुए हैं ये देखें फ्रंट कैमरे से नज़र ही नहीं आता ना क्या कर सकते हैं मैं बैक कैमरा मैंने ऑन ही नहीं किया फ्रंट कैमरे से बस ब्लॉग बना रही हूँ तो और ये देखे फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात और प्यारी सबसे प्यारी और अच्छी बात ये देखें मेरा गुलाब का ऊँचा प्यारा गुलाब का बदा माशाल्लाह माशाल्लाह बदम वो हो हो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर से और ये ये कली लगी हुई है और ये निकल रही है कलिया भी ये देखे ये भी है एक और एक ये है और ऊपर भी निकल रही हैं एक, है, एक ये है एक ये इस तरफ है ऐसे ही हर तरफ से निकल रही है और ये देखे ये ऊपर जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा ये वाला शूट जो है तो फ्रेंड्स बस हम आए हवेली में और ये देखें अनार का पौधा माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है और ये नुकसान भी किया हुआ है अल्लाह ये देखें सौंफ का पौधा है बच्चों ने नीचे गिरा दिया पता तो नहीं यहाँ के बच्चे भी कितने शान है और ये देखें ये तो है कम लग रहा है ना ये देखें माशा सौंफ का पौधा कितना प्यारा हो गया है और ये देखिए ये दूसरा अनार का पौधा कैसी लग रही हूँ अच्छी लग रही ओए ओए नहीं भी, नहीं छोड़ दो इधर कच्चिया लग रहे हैं स्टूत अभी नहीं है बेटा और ये दुनिया वगैरह ये सारी चीजें अभी वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो गया है ब्लॉग का यहाँ पर करूँगी एंड आप लोगों को यही वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा आज तक के लिए बस इतना ही दुआओं में याद रखिएगा बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़